भव सिंधु कैसे उतरेंगे पार चंचल बहुत है सागर की धार बेथा है पान है बिना, बेथा है, पान, है बिना बेथा है पानी है बिना बदली पुर है बिना भव सिंधु कैसे उतरे जबार चंचल बहुत है सागर की धार बेथा है पानी है बिना नहीं या पुरानी है बिना बानी जगे रही है खाकर तूफान में ये जोरे जगे तू पान में ये जपरे किसी घड़ी न जान समुंदर इसे डूबोले किसी घड़ी न जाने समुंदर इसे डूबोले खिया की लाज है ये लाज भी बचानी है बिना बार नैया पुरानी है बिना बार व सिंधु के उतरेंगे पार चंचल बहुत है सागर की धार बेथा है पानी है बिना भैया पुराने बिना बा ख नहीं रहा है मुझे नदिया का कोई किनारा देखे नहीं रहा है मुझे नदिया का कोई किनारा है कसम तुम्हारी मुझे मैया नहीं है सहारा है कसम तुम्हारी मुझे मैया नहीं है सहारा बिपिदा की रात है ये बिपिदा की रात है ये रात भी है बिना बारि माया पुरानी है बिना कहते भव पार केंगल बहुत सागर की धार बेता है पानी है बिना बेथा है पानी है बिना बेटा है पानी बिना बानी